सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर में मौजूद रहे गौरव दिवस को लेकर सीएम चौहान ने कहा कि आज हमारे लिए गर्व गौरव उत्सव और आनंद का दिन है सारा सागर उल्लास में भर गया है जनता की भागीदारी से यह कार्यक्रम अद्भुत बन गया है मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं सागर की जनता को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा प्रख्यात कानूनविद और उद्भूट विद्वान डॉ. हरि सिंह गौर जी के चरणों में मध्य प्रदेश और सागर प्रणाम कर रहा है सागर की सड़कों पर मैंने जनता के बीच अद्भुत उत्साह देखा दिवाली के बाद दिवाली और होली से पहले होली मनाई गई डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्मदिन सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया हर घर में दीप मालिकाएं सजाई गयी शहर में रंगोलियां बनाई गई पूरा सागर शहर उत्सव में डूबा हुआ था और सागर गौरव दिवस के दिन जनता ने संकल्प लिया कि सागर के विकास में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जनता ने पौधारोपण बेटी बचाने नशा मुक्त सागर बनाने और पानी बचाने जैसे अनेक संकल्प लिए आज हम सब के लिए गर्व का दिन है गौरव का दिन है उत्सव का दिन है आनंद का दिन है दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई है और ऐसा लग रहा होली के पहले जैसे होली आ गई है ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है ये कार्यक्रम तो जनता की भागीदारी के कारण अद्भुत बन गया है घर घर दीप मालिकाएं सजाई गई है रंगोली बनाई गई है और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी आपके चरणों में ये सागर और मध्य प्रदेश की जनता प्रणाम कर रही है प्रणाम कर रही है अद्भुत थे गौर बब्बा विद्वान आपको पता होगा में जो संविधान निर्माण सभा बनी थी उसके भी सदस्य थे अपने गौर बब्बा चौहान ने कहा आज सागर का दृश्य अद्भुत था जनता ने जो सहयोग का संकल्प लिया प्यार और आशीर्वाद दिया है इसके लिए मैं सागर का हृदय से आभारी हूं सभी बहनों भाइयों बेटे बेटियों और सागर ने जो विश्वास आज प्रकट किया है हम उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे सीएम शिवराज ने कहा बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती इसलिए लाली लक्ष्मी योजना में हमने फैसला किया है कि कॉलेज में एडमिशन लेते ही बेटियों को साढ़े बारह हजार और डिग्री लेते ही साढ़े बारह हजार देंगे उन्होंने कहा बेटियां मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज आई कहीं भी एडमिशन ले फीस मामा भरवाएंगे मैं बरसों से सागर आता रहा हूँ सागर से मेरा गहरा रिश्ता है सागर मेरे रोम रोम में बसा है और हर सांस में बसा है सागर की कई यादें मेरे दिलो दिमाग में छा रही है विख्यात कानून भी और बकालत भी कलकत्ता में भी करी लाहौर में भी करी रंगून में भी करी अपने बुद्धि से अपने सामर्थ्य से धन कमाया और उस धन को उन्होंने सागर विश्वविद्यालय बनाने के लिए समर्पित कर दिया अगर बनी मध्य प्रदेश में तो हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय